गुरु में ही ब्रह्मा है गुरु में ही विष्णु है और गुरु में ही शिव है सुबह से हमारे दादा गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी गुरु जो भी हो जिसको भी आप गुरु मानते हो गुरु से ज्ञान लेने की इच्छा मत रखो गुरु से भगवान को पाने की इच्छा रखो ज्ञान मिले या ना मिले गुरु को कहो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे तो भगवान चाहिए बस सब मिल जाएगा ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान अभी जाएगा मान आ जाएगा ईगो क्या हम ज्ञानी आई एम ग्रेजुएट ठटरी के बड़े